यार यार बढ़िया बढ़िया चल गल गुला कर चल चल लोग मने मेरे गा। यारा की की मार नारे ला उल्ला यार नारे मेरी गाल हो रहे हैं यार पहले बड़ी ही तमीज़ चालरी है ना कोई टाँग नहीं लाड़ी चलो बाबा बोला बनिये तो बैठ लाकर मैं चला यार बैठ चलिए चालू यार किया रा बाबा बोलिया तो निल्ला के बैंड में ना अब आप तो उन दे को सेटअप पहुँच गए ना आप यार कब बाबा ग अजी तक बाबा मैं देखा ही कोनी जेड़ा दुनिया सुबे वाला बढ़िया दिखता दा चल फिर नेक बाबा के लाए छन उन तो नाइट ठोंगी बाबा ठोंगी ठोंगी तुम्हें देख्या वे अच्छा नारद जेड़ा ने कोड़ बेंडा कोठी देणी ओ जेड़ी कोड़ ले कोठी ते नी गा ओ जेड़ा ही अच्छा ठोंगी वाला बाबा की जे देखा चल के चलिये करोंदे को जा रुक ओ अच्छा पयान यार की यार बाबा बाबा ओ वाला चल फिर ने को को बाबा मंत्र भाई मैं बाबे यार पूछे तो नहीं चल बाप मैं कू बा आया बाबे चल है तो। बच्चा अज कोई गाक नहीं फंसा, शाम का प्रबंध भी करना है का। बाबा बाबा और दो गाक तब भी तकी मुखा देना बजे। मैं तब हम गया, तब भी तक। तब मत करो। तुम ये खड़े क्यों नहीं करते? देखते हैं यार। आज शोक ताल बड़ी फैन है। यार। तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्या? तुम क्� ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਤਾਈਏ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਪਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋਰ ਮੰਗ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚੁਸਾ